पिछली सदी में सबसे ज्यादा चैरिटी या दान करने वाले व्यक्ति एक भारतीय थे न कि कोई वॉरेन बफेट्स या बिल ग्रेड आज की कीमत के हिसाब से देखो तो उन्होंने तकरीबन 102 बिलियन डॉलर यानी इक्यासी खरब पंद्रह अरब अड़तालीस करोड़ बहत्तर लाख रूपए दान किए गए थे इस हिसाब से पिछले सदी में डोनेट किए जाने वाली सारी राशि का ये अमाउंट बारह है उनको समझ आ गया था गरीबी और शिक्षा की कमी हिंदुस्तान के दो सबसे बड़ी समस्या है एटीन में इन्होंने डोनेशन शुरू किया और एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के इम्प्रूवमेंट में जिंदगी लगा दी इन्होंने एंडोरमेंट फंड भी शुरू किया ताकि यंग इंडियन स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन को हासिल करने में आसानी हो इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट में भी उनका बड़ा योगदान है इन्होंने हिंदुस्तान की पहली मेजर इंडस्ट्रियल सिटी जमशेदपुर की शुरुआत कर इसीलिए इनको फादर ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री भी कहा जाता है अब तक आप समझ ही गए होंगे बारपुरी विश्व के सबसे उधार व्यक्ति होने ऐसी एक और मैसे टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा की